da e

भगवान भगवत्मी भागवत भगवान

स्रोत है, है प्रमुख उसका नाम होता है भगवान में मिल जाने के लिए जो श्रेष्ठतम मार्ग है वह होता है और भगवान का जो वाणमय स्वरूप है वाणी स्वरूप है वह होता है

भागवत स्वरूप श्री कृष्णा भगवान ने अपने ही को सदैव विराजमान रखने के लिए हमेशा हमेशा के लिए अना काल से अनंत काल तक और उसके बाद भी त्रय के उपरांत

जब दोबारा दृष्टि प्रारंभ होगी तब भी हमेशा के लिए अक्षरों को बना करके रख दिया भगवान की जयरी स्वर्ग आदि दृष्यों को नैविशाल नक्षेत्र में कथा सुना दिया नैविशाल नक्षत्र वह है जहां पर

नदी का तट है और भगवान का सुदर्शन चक्र विराजमान रहता है अद्भुत तीर्थ है और संभवत प्राचीन मनुष्य मनुष्य दुर्गा की तपस्थली है के क्षेत्र जब अहिना श्री और लक्ष्मण को ले गया है अपने लोक में

तो हनुमान जी ने जाकर के अहिराब का उद्धार किया है और राम लक्ष्मण को लेकर के पर करके भगवान पधारे या हनुमान जी प्रकट हुए राम लक्ष्मण को सुरक्षित लेकर के उसका नाम भी क्षेत्र है ने अट्ठासी हजार दुनिया ने जांच

किया है। और भागवत अन्य पुराण क्षेत्र भी सब जगह पर सर्वत्र और हुए हैं बस है अतः बहुत बड़ी तपस्था है यात्रा भी वहां तो पहले ही गई है और कभी अवसर मिलेगा तो नैनी शाह क्षेत्र में

दर्शन कराएंगे उनकी जैसी इच्छा भगवान की अभी तो एक संदेश देना चाहता हूँ और वह यह है कि 2023 में दो हजार संबंध विक्रम संबंध के अंतर्गत अधिक मास आ रहा है

और श्रावण महीने दो होंगे। श्रावण अधिक मास भी रहेगा और जो अगस्त में पड़ेगा तो अगस्त की नौ तारीख से लेकर के सोलह तारीख तक आश्रम पर ही अधिक मास में श्रीमद भागवती कथा का नव आयोजन होगा

उससे पहले जो होली का कार्यक्रम है फार्गुन शुक्ला पंचमी से प्रारंभ होता है पहले दो दिन जी की तदुपरांत तो तदुपरा भागवत का एक सौ इक्यावन ब्राह्मणों को तो से कम और बाकी शुक्ला जी को पढ़ा देते हैं 20, -20 की संख्या शुक्ला जी के द्वारा

शिवराजी वाले आचार्य ब्रह्मोहर जी और विप्रो का पढ़ना अच्छा, अच्छा। बहुत बढ़िया बात है जितने रूपों में विराजमान होकर के स्थान को पवित्र बना देने और उसी भूलि की कथा के अंदर भी ये विचार है

कि ब्रज के प्रमुख तीर्थों का उसके तीर्थों का दर्शन भी आप सबको सुबह हो सके हो। चौरासी दोष की परिक्रमा का भी साथ में अच्छे ढंग से आयोजन हो जाए ऐसी ठाकुर जी प्रार्थना है ऐसी निवेदन भगवत चरण ग्रदो में कर रहे हैं

ताकि जो पहले भी बच्चे आनंद लें और जो अब माता पिता है वो पूरे कमा करके अपने बच्चों के नया रास्ता तैयार करें ताकि बच्चे भी अगली बार आए तब चौरासी को उसकी पर

ये आयोजन केवल ठाकुर की कृपा से ही संभव होते हैं और मैंने तो प्रत्यक्ष देखा मैं एक बार का अनुभवी नहीं हजार बार का कृपा से सब काम होते हैं बस। जीव का अपना प्रयास शीतल हो जाता है और शीतुल भगवान इसी भी करते हैं कि जीव अपना अपना अच्छा दिल

मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूँ लास्ट जी मैं हाँ मैं नहीं कर रहा है। मैं नहीं कर रहा तो नहीं कर कर रहा रहा जब को संभालते हैं तो होता है, की है। तांग तांग तो की तो तो और कहा से कैसे आप नहीं समझ सकते हम भी नहीं समझ सकते

मानव नहीं समझ सकता विश्वास ही कहता हूं ठंडाल बाढ़ आप थक जाओगे कभी कोई कमी नहीं आती सुन तो एक ही बात याद रखो मैं नहीं कर रहा हूं जो करना है, बस ये सिर्फ

श्रेष्ठता उत्तम स्वरूप प्राप्त होगा को कहीं कहीं पर आदर सम्मान मिला भक्ति से उपयुक्त हुई कहीं कमजोर भी पड़ी गुरु

से हैं। अपने और के हो हो गई, गई और चिंतित हुई क्या करूँ कैसे करूँ चल पड़ी आगे वृंदावन की भूमि में जैसे ही भक्ति ने प्रवेश प्राप्त किया

की की रचिता स्पर्श होते ही भूमि को प्रणाम करते ही यह वृंदावन धन्य है जहां पर भक्ति महारानी नृत्य किया करती है की की की हो हो

हुई, तो हुई के भक्ति तलाप कर रही है मैं को युवती और बच्चे पूरे अब कैसे बच्चों का उद्धार हो बच्चों को किस प्रकार से यमुनावस्था तरुणावस्था प्राप्त तो हो क्या करूं कैसे करूं

की की की भक्ति भक्ति भक्ति देवी देवी देवी सेवा कर कर रही है। है रही है। कर रही है। रही हैं जो स्त्री को को उनके कष्ट का निवारण करने चेष्टा कोई उपाय होगा आप चिंता ना करें आप घबराएं नहीं परंतु जाके कांटो लगे सोरी का

तो कहा पहचान है नारी वहां से घूमते हुए निकले नाराज जी ने देखा एक युवती विलाप कर रही है देखकर करके नाराजी आगे बढ़ तो भाई ऐसा चक्कर कई बार पड़ गया स्त्री वास्तव में माया का स्वरूप है कम फुस्चारी दूरी रहना चाहिए

चक्र में फा दिया बड़े बड़ी से निकल करके आए अब दोबारा चक्कर में नहीं फसद साधु साधु ठहर किसी

कष्ट में देख करके तुम जा रहे हो कुछ भी नहीं होती इस प्रकार से मेरे बच्चे ही है और मैं वृंदावन का सहयोग प्राप्त करके युवती हो गई हूँ और बच्चे भी मेरी भाग ही

अवस्था वाले हैं। तो ने। ने ने तो है, को प्राप्त हो प्रयास किया केवल चेष्टा कीजिए प्रयास कीजिए परंतु प्रयास, की तो प्रयास सही दिशा में

किस प्रकार करते हैं जो उनकी इच्छा। वो है तुमको ही है कि तुम्हारे ही है। वो है प्रकार प्रकार वो सत्ता सत्ता ही ही तुम्हारे किसी अन्य और चाहे सब समझता है। तुम तो उनका ध्यान करके अच्छा सोचते हुए चेष्टा अवश्य निष्क्रिय कभी बैठो निरंतर

कर्म का साधन परंतु निष्काम भाव से कर्म करते निष्काम क्या है करना, चाहना कुछ नहीं है पर काम करना है और इसी में ले जाना इसको मतलब निष्काम करो कर्म करो पर भगवत प्रवर्तित युक्त हो गए

नवा आज निष्काम हैं पर भगवत जनारदों में समर्थन के बिना कर्म कर रहे हैं, हैं। आज चल जाएगा पर तो वही निष्कामता कल सकाम में बदल सकती है और अगले दिन आप अहंकार होकर के कह सकते हैं

तो नष्ट करने के लिए और तो है में श्रेष्ठ कर्म जो निष्काम है उन पुष्पों को दों दों दों दों। ना कियो, ना कछु कछु कछु करने जो जो भगवत तो तुम दो

की, वेद वेदांत को सैश्चर गीता पाठ है वेद सुनाए, पुराण सुनाए, गीता पाठ ज्ञान को सुनाया वेदांत को सुनाया थोड़ी सी कर्म बदल से वो तंद्रा में सोना

शरीर से जितनी चेष्टा हो सकती थी कर चुका हूँ मैं जा रहा हूँ भगवान के और वहां से जो संकेत मिलेगा करो आगे अकाई का होगा करो तो तुम चिंता ना करो तुम्हारे पुत्र करोण है

सूत्र याद रखिए आप दूसरे के दुख को तो एक सकारात्मक सोच अवश्य दीजिए, आप ठीक हुआ ठीक हो, हो जाए कुछ वर्ष पूर्व मैं भी कुछ दिनों अस्पताल में रहा कुछ दिनों तक एक अनुभव के ठाकुर जी ने भेजा

सामने मेरे डॉक्टर आया चेक करने में डॉक्टर ने चेकअप किया खा गए डोसा खाने की

तो वो दूसरा दूसरा डॉक्टर करने हैं। आप जानते कि उनके खिलाना जी, खाने खाली चार रह लगे कम से कम हंसता हुआ तो जाएगा

तो निश्चित पर तो तो नाम पदार्थ ना को स्वीकार कर लोगे और फिर चाहे जब मृत्यु आए कम से कम हंसकते तो जाएंगे

कहेंगे तो भाई खिलखिला हुआ था, था। पर थी, था, था। रहे था हाँ। तो जो जो की, तो की, जय जय हो हो, नाम बिहारी इसे सूत्र तो याद रखिए परिणाम कुछ भी हो

परंतु तो सकारात्मक सोच के साथ जीना सीखिए जी और दूसरों को तो भी सकारात्मक सोच ही भी, भी, भी ना आगे में के के मिले जी ने कहा देवर्षे तुम जा रहे हो सोच में प्रशंस नहीं है

इस पर हम विचार करेंगे कि क्या करना चाहिए इससे ज्ञान और हो। आकाशवाणी जब से मनुष्य ज्यादा स्वार्थी हो गया है तब से आकाशवाणी का भी होना बंद हो गया है आकाशवाणी पहले हुआ करती थी पांच साल पहले तक

कोई गलत कर रहा है और अपने को सही शादी करने की चेष्टा कर रहा है की तो ध्वनि होती थी पर ये सही नहीं हो रहा है जो जाते थे नरक पाप का अधिक बढ़ने के कारण पुण्य का लोक हो जाने के कारण आकाशवाणी ने भी अपनी ध्वनि को अवरुद्ध कर दिया और ये सब क्यों हुआ है

पिता करीब और अधर्म की आपस में मैत्री है पांच हजार वर्षो हुआ है पांच हजार आकाशवाणी में अवृत्त हो गई अधर्म और कलीब आपस में गहन मित्रता बना ली एक दूसरे के साथ तो अधर्म करेगा

वो प्रसन्न रहेगा दिखाई पड़ेगा तो और जो धर्म का अनुसंधान करेगा धर्मांत करेगा वो सुखी सुखी नहीं देगा। और उसका सुखी और होगा करने वाले का, वाला व्यक्ति भी सुखी दिख रहा हो सकता है परंतु कुछ समय के पश्चात तो अधर्म का निरंतर आज करने पर

धर्म से हमेशा बचिए और धर्म का अनुसंधान सदैव करते रहिए की तो हे चिंता <coughs> न करो आप जाकर के भक्ति बुला करके गंगा के तट पर श्रीमदभागवती सप्ताह तथा सुनाओ

भक्ति का कृष्ण होगा ज्ञान होंगे, भगवान के दर्शन सबको प्राप्त होंगे तो कल्याण सोचा किसको ढूंढूंगा बुद्धि अहंकार और चित्त ये जब समाहित होकर के भगवान का ध्यान करेंगे तो पूर्ण परम पूरा साक्षात प्रकट होंगे

आपको ही प्रयास रखना है स्वीकार किया बने प्रवक्ता हरिद्वार के निकट आनंद नामक तट पर यह भागवत का आयोजन हुआ जी ने अनेकियों को सबको बुलाया और सब आयोजन

से कथा को तो दिया गया के लिए सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है इसका प्रणयन अध्ययन अध्यापन पठन पाठन करने पर जीव साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप ही गुजरता

की यह समाधि न के भगवान कलयुग में जो फल तपस्या से योग से प्राप्त नहीं होता समाधि से प्राप्त नहीं होता उस उसको थल केवल सिंह की कथा का

करने से या कथा श्रवण करने से कीर्तन करने से श्रवण करने से अच्छा। या का या शुद्ध तात्पर्य केवल गायन कथा का कहना भी कीर्तन है कीर्तन का तात्पर्य है भगवान की गाथा को पुनः पुनः आनंद से